हाय दोस्तों क्या आपने कभी एक ऐसा पॉकेट प्रिंटर देखा है जो आपके फोटोज को इंस्टेंटली प्रिंट कर देता हो और क्या आपने एक ऐसा डिवाइस देखा है जो आपके कर्टन को ओपन या क्लोज खुद ब खुद ही करता हो नहीं ना वेल तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही गैजेट्स मौजूद हैं जो आपको हाईटेक फील करवा ही देंगे वेल तो फिर देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिर तक ताकि आपसे कोई भी गैजेट मिस ना हो पाए चलिए तो फिर बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के और तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर वन के गैजेट से जिसका नाम है जेबीएल पार्टी बॉक्स दोस्तों अगर आप आउटडोर पार्टी के लेकर अच्छे स्पीकर की तलाश कर रहे थे तो अब यहीं रुक जाइए क्योंकि अब आ गया है JBL पार्टी बॉक्स वन ब्लूटूथ स्पीकर वेल well, JBL कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट आउटडोर बड़ा सा ब्लूटूथ स्पीकर है जिसमें बिल्ट इन इफेक्ट के साथ साथ डुअल माइक और गिटार इनपुट्स लगे हुए हैं मतलब की आप म्यूजिक को सुनने के साथ साथ, साथ में खुद का माइक और गिटार लगा कर, पार्टी में गाने भी गा सकते हैं बात करें इसके ओवरऑल लुक की तो इसमें रंग बिरंगे कलरफुल लाइट आपको देखने को मिलते हैं जो म्यूजिक के साथ सिंह होकर चलते हैं जिसे ये बहुत ही अट्रेक्टिव दिखा देता है इसमें 240 सौ का JBL Pro एल प्रो साउंड स्पीकर भी दिया गया है इसके साथ इसमें बेस ट्रेबल और भी दी गई है बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो इस स्पीकर में आपको ब्लूटूथ यूएस और ऑक्स का सपोर्ट देखने को मिलता है इसकी बैटरी लाइफ पूरे 18 घंटे की होती है इन सब के अलावा इस ब्लूटूथ स्पीकर में बॉटल ओपनर भी दिया गया है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब कि भाई पार्टी में बोतलें भी खुलेंगी स्विच बोर्ड दोस्तों ये स्विच बोर्ड एक छोटा सा रोबोटिक डिवाइस है जिसे आप अपने कर्टन से अटैच करके मिलो दूर बैठ कर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमें मजेदार मूवी देखते वक्त पर्दे खिसकाने के लिए उठना नहीं पड़ता खैर तो इसे सेटअप करना बेहद ही आसान है सिंपली इस डिवाइस को अपने पर्दे ऐसी अटैच करके इसे स्मार्टफोन ऐसी कनेक्ट कर लीजिए और बिना डिस्टर्ब हुए कहीं से भी अपने स्मार्ट फोन पर्दे खोलिए या बंद करिए इसे सेटअप करना एक बल्ब को बदलने जितना आसान होता है सिर्फ 30 सेकंड में ही आप इसे अपने पर्दे में फिट कर सकते हो वाओ और अपने पर्दे को स्मार्ट बना सकते हैं अगर आप सुबह उठते ही सूरज को देखना चाहते हैं, तो आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं, जो आपके शेड्यूल टाइम पर खुद ही खुल जाएगा या बंद हो जाएगा अगर बात करें इसकी बैटरी की तो इसकी बैटरी लाइफ आठ महीने की होती है अरे वाह इसके अलावा इसमें सोलर पैनल का भी ऑप्शन आता है जिसे कनेक्ट करके आपको कभी भी इसे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साथ ही इसमें मुझे सबसे अच्छा फीचर जो लगा वो ये है कि वॉइस कंट्रोल आप इसे अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं, बस आपको बोलना है अलेक्सा क्लोज द कर आपको एकदम किंग वाली फीलिंग मिलने वाली है, है ना दोस्तों लाइफ गाइस आप लोगों ने पॉट तो बहुत से देखे होंगे और पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में कई पॉट्स हो और उसमें काफी अच्छे प्लांट भी लगे हों बट यहाँ पे मैं आपको एक मस्त सा पॉट के बारे में बताने वाला हूँ जो टेक्नोलॉजी से लेस है गाइस ये एक ऐसा पॉट है जो हवा में ही लेविटेट करता है जी हाँ दोस्तों इस अमेजिंग गैजेट का नाम है लाइफ वेल well, ये पॉट मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी ऐसी बना हुआ है मतलब इसमें एक पॉट एक इलेक्ट्रो बेस के साथ आता है जिससे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बेस पॉट को अपने आप से रिपेयर करता है जिसके कारण पॉट हवा में ही घूमता रहता है है ना अमेजिंग वैसे आप इसमें किसी भी तरीके के पौधे लगा सकते हैं साथ ये आपके डेक्स को इतना बना देगा कि आपके घर आने वाले मेहमानों की नजर इस पर तो जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी जीरो ग्रेविटी वाला पॉट जब हवा में घूमता है तो 12 अलग अलग रंगों में दिखाई देता है तो है ना गाइजे एकदम अट्रेक्टिव और मजेदार गैजेट मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा प्रिंट दोस्तों वैसे तो आज के लोग अपने फोटोज को इंस्टा और एफबी पर शेयर करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो अपने मेमोरीज को हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए ही बना हुआ है वेल ये गैजेट एक पॉकेट प्रिंटर है जो आपके मोबाइल फोन के किसी भी फोटो को तुरंत ही प्रिंट कर सकता है जी हाँ बिल्कुल सही सुना अपने गाइजे प्रिंटर जिंक पेपर का इस्तेमाल करता है मतलब ये इंकलेस टेक्नोलॉजी आरोप काम करता है जिसमे किसी भी कार्डरेज की जरूरत नहीं पड़ती इसमें सबसे मजेदार बात तो ये है की जब आप किसी भी वीडियो का एक फ्रेम या स्क्रीन करके उसे प्रिंट करेंगे और जब आप इसे इसके ऐप से कनेक्ट करके जैसे ही फोन के सामने लाएंगे वैसे ही स्क्रीन के पीछे का वीडियो प्ले हो जाता है जो कि देखने में बिल्कुल किसी मैजिक की तरह दिखाई देता है ये दुनिया का सबसे थिनेस्ट प्रिंटर है जो कहीं भी कभी भी आपके मोबाइल फोन के किसी भी फोटो को इंस्टेंट प्रिंट कर सकता है एमस्टिक गाइस पिछले वीडियो में हमने आपको एक एलईडी लाइट के बारे में बताया था जो स्ट्रेट एज चॉकलेट थी बट गाइज ये वाली एलईडी लाइट उससे भी ज्यादा स्मार्ट और मजेदार है बाई द वे अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो चैनल पर जाके देख लेना लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो गैजेट एक स्मार्ट ब्लूटूथ एल लाइट है जिसका नाम है एम ये एक पतली और लम्बी एल लाइट है जिसे आप अपने स्मार्टफोन ऐसी कंट्रोल कर सकते हैं आप इसे अलग अलग तरीके ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कैंपिंग के दौरान आप इसे एज ए फ्लैश डिनर पार्टी के दौरान एज अ मून की तरह कर सकते हैं। इन सभी के अलावा रात क्यूँकीइजर लगा हुआ है जो लाइट को म्यूजिक के अकॉर्डिंग शो करने को अलाउ करती है इसमें लगे डिस्प्ले इमेज टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने फोटोज को हवा में भी डिस्प्ले कर सकते हैं बस जरूरत है इस एलई डी स्टिक को हिलाने की टॉक सॉकेट जस्ट कि आप बाईसाइकिल चला रहे हैं और किसी का कॉल आ जाए तो आप लोग क्या करोगे वही साइकिल रोक के फोन निकालोगे फिर कॉल पिक करोगे बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला गैजेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना हुआ है तो मिलिए टॉक सॉकेट से। वेल टॉक सॉकेट एलेक्सा और पॉप सॉकेट को मर्च करके हमें एक ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है जिससे हम कोई भी सॉन्ग चला सकते हैं आंसर एंड क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी सब हैंड फ्री इन सबके साथ ये ब्लूटूथ स्पीकर हेडफोन और कार ऑडियो सिस्टम को भी अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के रूप में भी बदल देती है वाओ खैर तो ये लाइटवेट और अल्ट्रा पोर्टेबल है जो कि विजुअल एक्टिवेशन के लिए एलईडी लाइट रिंग का यूज करता है ये इजीली ऑन एंड ऑफ हो जाता है ये वाटर और डस्ट रजिस्टेंट है और इसके साथ ही अलेक्सा गूगल एसिस्टेंट के साथ मिलकर और भी बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको दे देता है ओला डांस दोस्तों आपने एयरबर्ड्स तो काफी सारे देखे होंगे लेकिन हम जिस एयरबर्ड की बात करने जा रहे हैं वो बाकी एयरबर्ड से एकदम ही हटके हैं वेल तो गाइज मिलिए ओला डांस फ्यूचरिस्टिक एयरबर्ड से जो इतने कंफर्टेबल हैं कि आप कभी सोचे ही ना होंगे साथ ही आपको हाई क्वालिटी साउंड तो प्रोवाइड करते ही है वो भी बिना आपके कानों के अंदर जाए बगैर मतलब दोस्तों ये ओपन एयर डिजाइन एयरबर्ड आपके कानों के ऊपर ही रहकर आपको बेस्ट क्वालिटी साउंड प्रोवाइड करते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना आपने बहुत से एयरबर्स नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी और प्रीमियम साउंड क्वालिटी फीचर के साथ आते तो है लेकिन वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं जो आपकी हेयरिंग को भी डैमेज करते हैं बट इस सोला डांस में आपको कोई शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा वेल तो इसमें 16.2 mm के ड्राइवर्स लगे हुए हैं साथ ही एक बार फुल चार्ज होने पर आपको लगातार सोलह घंटे तक का बैकअप दे सकता है इस ओपन एयर डिजाइन एयरबड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो एक अच्छे एयरबड में होती है टॉर्च इन पर्जल टॉय आपके ब्रेन को बूस्ट करने में काफी हेल्प कर सकता है एक ऐसा अच्छा टिकटोर्शियन पजल है जिसे आप अपने खाली वक्त में खेल कर अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों दिखने में यह पजल जितना आसान लगता है असल में ये उतना ही ट्रिकी है जैसे जैसे आप इस पजल को सॉल्व करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप इसे सॉल्व कर ही देंगे लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों क्यूँकी ये काफी ट्रिकी है आप इस फसल को ट्विस्ट टर्न और स्लाइड करके सोल्व कर सकते हैं इस पजल को सोल्व करने ऐसी आप अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं इसके साथ ही आप अपने अंदर के पेशन को भी डेवलप कर सकते हैं इस फसल में आपको दो कैविटीज देखने को है जो 90 डिग्री घूमने आरोप कैविटीज जुड़ जाती है आपको बता दें कि इस फसल को किसी भी उम्र के लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर कर पाए तो वेल well, तो दोस्तों अब आ जाते हैं आज के आखिरी प्रोडक्ट पर जिसका नाम है डांसिंग बॉड हमारे पास एंटरटेन होने के तो बहुत से साधन हैं पर डांसिंग रोबोटिक ऐसा स्मार्ट डांसिंग ऑडियो गैजेट है जिसका इंटेलिजेंट एल्गोरिदम फीचर किसी भी ऑडियो या हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को एक एक्सप्रेसिव मोमेंट्स में ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है और इसके टू फिट फीचर हमें और इम्प्रेस करते हैं जो अपने पैरों के मोवमेंट ऐसी करते हुए ट्यून आरोप डांस करता है और हमें एंटरटेन करता है और हम खुद भी इसके बीट पर डांस करने ऐसी खुद को रोक ही नहीं पाते तो कैसे अगर आपको इसका डांस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना खैर तो इस रोबोट को आप बस एक डांसिंग मत समझिएगा, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो साथी भी है किसी भी ऑडियो बुक और नर्सरी राइम को इस पे प्ले करते ही किसी भी स्टोरी या सॉन्ग पर अपने करने लगता है इसके एनिमेटेड मूवमेंट किसी भी बच्चे को एंगेजिंग क्लासेस देते हुए एक फन वे में उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं और दोस्तों अगर हम आपको बताए इन सब पॉसिबल करने में कौन सा बेहतरीन फीचर है तो वो है इसका फुट इस डांस बोर्ड के हर लेग में दो मोटर्स लगी हुई है जो तीन डिग्री में रोटेट होते हैं और अपने चारों ज्वाइंट से अपने मूवमेंट करते हैं, जो कि देखने में काफी अमेजिंग लगता है है ना दोस्तों? सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा गैजेट कलेक्शन आप सबको पसंद आया होगा आपको इसमें से कौन सा गैजेट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले दोस्तों क्यूँकी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है साथ ही दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय